रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के विश्वरंग महोत्सव में चटकारों की चौपाल कार्यक्रम का आयोजन हुआ इस दौरान शिक्षाविद लेखक और व्यंजन विशेषज्ञ पद्मश्री पुष्पेश पंत कार्यक्रम में शामिल हुए विश्वरंग में अभिनेता मनोज पाहवा भी पहुंचे इस वक्त उन्होंने भारतीय क्षेत्रीय सिनेमा के बारे में बात की भोपाल के मिंटो हॉल में चटकारों की चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया 2022 में में अभिनेता मनोज पावा उपस्थित रहे। इस वक्त उन्होंने तो भारतीय क्षेत्रीय सिनेमा के बारे में बात की। न्यूयॉर्क टाइम्स ने पुष्पेश पंत की इंडिया द कुकबुक' नाम की पुस्तक को सर्वश्रेष्ठ पुस्तक घोषित कर दिया है शनिवार को आयोजित कार्यक्रम में ईला जोशी ने भारतीय भोजन और स्वाद का संस्कृति से जुड़ाव को लेकर कई अहम सवाल पूछे, जिसका बखूबी जवाब देते हुए पंत ने मौके पर मौजूद लोगों से स्वाद और भोजन से जुड़ी अहम जानकारियां साझा की इस अवसर पर विश्वरंग के कोऑर्डिनेटर सिद्धार्थ चतुर्वेदी डॉक्टर पल्लवी राव चतुर्वेदी समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे